हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टूडे आवर टॉपिक इज नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस जिसके बारे में हम पढ़ेंगे हम हब सेकंड स्विच हब एंड स्विच आर बोथ आर सेम बट स्विच इज बेटर देन हब कैसे बेटर है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे थर्ड वन इज राउटर फोर्थ ब्रिज गेटवे, वे ब्राउटर एंड रिपीटर और भी कई नेटवर्किंग डिवाइस है जैसे एनआईसी हो गया आपका किसी भी नेटवर्क को समझने से पहले हमें ये नेटवर्किंग डिवाइसिस के बारे में जानना बहुत जरूरी है जब तक हम इन नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में नहीं जान सकते तब तक हम किसी भी नेटवर्क को ना तो स्टेब्लिश कर पाएंगे ना तो उसके बारे में बैठ बता पाएंगे कि ये कौन सा नेटवर्क है तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इन टॉपिक को क्लियर करते हुए तो इसलिए हम वन बाई वन टॉपिक को लेंगे फर्स्ट हम आज लेंगे हब को अब हब के बारे में जानेंगे कि हब क्या है हब हब इज बेसिकली मल्टी पोर्ट रिपीटर एक मल्टी पोर्ट रिपीटर है रिपीटर क्या करता है कि किसी भी चीज को जैसे सिग्नल को जैसे बहुत अगर आपने देखा होगा कि टावर लगे हैं हमारे जहां सेलफोन के तो हर एरिए के हिसाब से लगवाओ जैसे एक टावर का जो रेंज है पांच किलोमीटर है और जो नेक्स्ट टावर है वो आपको सिग्नल जो है छ किलोमीटर के बाद में देना है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट टावर जो है वो लगाना पड़ेगा ताकि जो आपका सिग्नल है वो आपको उसको एज ए हेम्प्लीफाई कर दे और हम जो है वो हेम्पलीफाई नहीं करता अब क्या करता है सिग्नल को जो डाटा आ रहा था उसको रिसीव करेगा अगर उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो रही तो उसको क्या करेगा उसी सिग्नल को कॉपी करेगा उसको रीजनरेट करेगा और उसको भेज, उसको डेस्टिनेशन पे दे देगा समझ गया? तो एक मल्टी पोर्ट है उसमें मल्टी पोर्ट होते हैं मल्टीपोल्ड पोर्ट होते हैं उसमें एक हब में सिंगल हब भी आप बोलते सिंगल को तो हब मानेंगे नहीं आप दो या दो से ज्यादा को आप हब मान सकते हो ए हब नोट कैनोट फिल्टर डाटा उसका काम हब का ये काम नहीं है कि वो फिल्टर को डाटा करता है सो डाटा इज टू बी ब्रॉडकास्ट टू एवरी कंप्यूटर और इंटरनेट बेस्ड डिवाइस कनेक्टेड टू इट हब क्या करता है कि डाटा को फिल्टर नहीं करता उसको जैसे डाटा मिलेगा वो उसी वैसा का वैसा डाटा ब्रॉडकास्ट कर देगा और किसको ब्रॉडकास्ट करेगा जितने भी हब के अंदर कनेक्टेड पोर्ट है जितने भी कनेक्टेड डिवाइस है उन सबको वो ट्रांसमिट करेगा हर, हब क्या करेगा हब में एक ड्रॉबैक होता है चलो आगे पढ़ते हैं, आगे हैं द द इंटेलिजेंस टू फाइंड आउट बेस्ट पाथ उसको ये कि तो मान लो कि मैंने डाटा भेजना था कंप्यूटर वन ने डाटा भेजना था कंप्यूटर थ्री के लिए पर क्या क्या करता है कि कंप्यूटर को भी कर देगा। उसका ये ड्रॉबैक है।, है तो इट इज कॉपी टूर अदर पोर्ट वो ये बात आ गई बताया था ऊपर रिपीटर के बारे में कि वो क्या करता है कि जैसे उसके बाद डाटा आया उसे उसके बाद पैकेट पहुंचा उसने क्या किया अगर देखता है कि जैसे हब को यूज करते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा लेंथ है नोड्स की तो उस लेंथ को बीच में एक हब लगा देंगे हब क्या करेगा सिग्नल को कॉपी करेगा और रिजनरेट करेगा ताकि सिग्नल की स्ट्रेंथ कम ना हो बीक ना हो और सिग्नल जो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तो जब उसके पास पैकेट पहुंचता है तो कॉपी करता है और उसको डेस्टिनेशन पॉइंट पे भेज देता है ए हब इज लेस एक्सपेंसिव हब जो है वो कास्टली नहीं है लेस इंटेलिजेंस तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि वो उसमें समझने की क्षमता नहीं है वो क्या करता है कि वैसे पैकेट पैकेट उसके पास पहुँचा और उसने वही पैकेट ब्रॉडकास्ट कर दिया सभी को एंड लेस कम्प्लिकेटेड उसमें ज्यादा कम्प्लिकेसिव भी नहीं है क्योंकि हब में सिर्फ पोर्ट्स दिए होते हैं और लगाओ और वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डाटा हब इन लैंड लैंड सेगमेंट हब जो है वो मोस्टली जो यूज होता है वो लैंड सेगमेंट में यूज होता है है, क्या है उसमें क्या है हाफ डुप्लेक्स है हमने वॉकी टाकी में कोई जैसे ट्रांसमिशन करनी है तो वॉकी टाकी क्या है जैसे हम उसका पुश टू टॉक बटन उसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करते ही उसको क्या करेगा उसका जो रिसीवर एंड होगा वो ब्लॉक कर देगा और उसको ट्रांसमिट ट्रांसमिटर एंड जो है वो रिले कर देगा तो ट्रांसमिटेशन पे चला जाएगा रिसीविंग एंड पे क्या करेगा जैसे रिसीविंग एंड पे क्या होता है रिसीवर तो ऑलरेडी ऑन रहता है तो रिसीवर एंड पे रिसीव कर लेगा जिस टाइम मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ उसी टाइम पे जो रिसीवर है वो मेरे से बात नहीं कर सकता जैसे फोन पे होता है कि दोनों एंड पे सेम टाइम पे दोनों टाइम दोनों बात कर सकते हैं उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स हब में क्या है कि वो एक एक टाइम पे जैसे एक एक डाटा भेज रहा है तो दूसरा डाटा नहीं भेज सकता उसको जब तक वो उसका डाटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा तब तक वो दूसरे वाला उसका वेटिंग में रहेगा और तब तक उसका ट्रांसमिशन डाटा हो गया और डेस्टिनेशन पर पहुंच गया उसके बाद जो है सेकेंड जो है वो डाटा भेज सकता है तो हब क्या है ये वो हाफ डुप्लेक्स है जैसे ये ये हब है हब है बेस्ट एग्जांपल ऑफ हब हमें इसमें चार पैसे पांच पोर्ट दिए हुए हैं जैसे कंप्यूटर वन जहाँ जोड़ेंगे टू थ्री फोर फाइव कंप्यूटर वन में जो डाटा आएगा ना वो अगर कंप्यूटर थ्री के या फोर के लिए होगा किसी के लिए किसी एक सिंगल पोर्ड के लिए होगा और ये क्या करेगा कॉपी करेगा और इसको सभी जगह ब्रॉडकास्ट कर देगा उसको वो ये नहीं देखेगा कि मुझे इसको कंप्यूटर फोर को देना था या कंप्यूटर थ्री को देना था किसी एक को देना था और हब क्या करता है सिग्नल को कॉपी करता है पैकेट को कॉपी करता है और रिजनरेट कर देता है इसको एंड ब्रॉडकास्ट रीजनरेट एंड ब्रॉडकास्ट उसको सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा एक साथ ओके okay, आगे देखते हैं जैसे ये कंप्यूटर वन ने एक डाटा भेजना था ये डाटा इसमें चला गया हब में उसके बाद उसने क्या एक भेजना था कंप्यूटर फोर को पर ये एक डाटा यहाँ भी चला गया कंप्यूटर तो थ्री में भी चला गया टू में भी चला गया और फाइव में तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको ये सिक्योर नहीं है ज़्यादा और ये ट्रैफिक अगर ए, अगर ये एक डाटा सभी को भेज रहा है तो ट्रैफिक भी ज़्यादा रहेगा इसमें तो इसमें क्या होगा कि स्लो प्रोसेसिंग रहेगी बैंड स्लो रहेगी तो ये कुछ पॉइंट आप देख सकते हो जैसे लो बैंड है ट्राफिक है हो रहे हैं तो ये आप काफी पॉइंट आप लिख सकते हो ऐड कर सकते हो इसमें आगे देखते हैं आगे आगे, है आगे आगे देखते हैं जैसे ले आगे आ गया हब हब की क्या है टाइप से आगे टाइप ऑफ हब क्या है एक्टिव हब पैसिव हब एंड इंटेलिजेंट हब एक्टिव हब क्या है पैसिव हब क्या है और इंटेलिजेंट हब क्या है इसके बारे में आगे पढ़ते हैं एक्टिव हब क्या है इट इज यूज फॉर कनेक्शन बिटवीन दिवाइस जैसे हम काम करते हैं तो ये डिवाइसेस के बीच में जैसे नोट्स के बीच में कनेक्शन के काम करते हैं हब दी सारियर है ऑन पावर सप्लाई ये एक्टिव हब एक ऐसा जिसके अंदर अपनी एक पावर सप्लाई होती है जो क्या करता है क्लीन बूस्ट एंड रिले द सिग्नल अलॉन्ग विद नेटवर्क सिग्नल को रिसीव करेगा क्लीन करेगा बूस्ट करेगा एंड रिले कर देगा ये एक्टिव हब का काम है दीज आर यूज टू एक्सटेंड द मैक्सिमम डिस्टेंस पिटमिन जैसे हब काम करते हैं वैसे ही कि ये अगर जैसे नोड्स की जो लेंथ है नोड्स मतलब आप एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम को ले लो उनकी लेंथ जो काफ़ी दूर है वो तो एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम को दूर करने के लिए उन्होंने उसने क्या किया हब का यूज़ किया और एक्टिव हब का यूज कर सकता है या पैसिव हब कोई भी हब का यूज़ कर सकता है उसका सिग्नल को कॉपी करता है बिट बाई बिट एंड रिजेनरेट एम्पलीफाई नहीं करता हब कहीं बोलते हब नहीं करता है. हब का काम है सिग्नल को कॉपी करना एंड रिजनरेट इट एट दिजिनल स्ट्रेंथ हब एक्टिव हब के समझ के आप एक्टिव हब से क्या है एक्टिव हब का क्या काम है तो कनेक्शन प्रोवाइड करना डिवाइसेस को और एक्टिव हब का खुद खुद का पावर सप्लाई होता है जिससे पावर सप्लाई होता है जो और वे क्या करता है कि हब को सिग्नल uh, को क्लीन करता है बूस्ट करता है और उसको रिले कर देता है मैक्सिम डिस्टेंस बिटवीन द नोट जो यहाँ पे मैक्सिम डिस्टेंस होता है उसको कम करने के लिए यूज होता है देर है सिग्नल जोड़ने के काम आता है एक्टिव हब क्या करता है पावर सप्लाई लेता है एक्टिव हबिव हब के, के थ्रू पावर सप्लाई लेता है दिस हब्स रिले द सिग्नल ऑन टू द नेटवर्क उट क्लीनिंग एंड बूस्टिंग ही क्लीनिंग एंड बूस्टिंग कौन करता था एक्टिव हब जिसमें पावर सप्लाई थी ये क्या करता है पावर सप्लाई तो लेता है, से. और ये को नहीं करता चलने के लिए पैसिव हब क्या करेगा पावर सप्लाई लेगा एक्टिव हब से और ये सिग्नल को क्लीन नहीं करता बूस्ट नहीं करता इसको क्या बोलते हैं पैसिव हब दिस हब कैनॉट बी यूज टू एक्सटेंड द मैक्सिम डिस्टेंस बिटवीन द नो जहाँ पे नोट्स की लेंथ ज्यादा होती है वहाँ एक्टिव हब यूज होता था और वहां क्या करेंगे हम पैसिव हब्स को यूज नहीं करेंगे पैसिव हब को यूज नहीं करेंगे जब मैक्सिमम लेंथ हमने बढ़ानी है तो हम उसमें पैसिव हब का यूज नहीं करेंगे इट डज नॉट हैव है एबिलिटी टू कॉपी जो उसमें था एक्टिव हब में क्या था कि सिग्नल को कॉपी करता था बिट बाई विट एंड रिजेनेट इट टू दरिजिनल स्ट्रेंथ उसको क्या करता था ओरिजिनल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देता था और कॉपी करके रिजेनरेट करता था बाकी एजी मतलब समझ लो कि आपको हाँ कि एक्टिव हब और हब हब में डिफरेंस कि क्या करता है पावर सप्लाई लेता है एक्टिव हब से ना तो वो, वो बाकी उसके सभी जगह उसके है। सिर्फ क्या करता है कि को जोड़ने के काम आता है और पावर सप्लाई लेता है एक्टिव हब से बट क्लीन बूस्टिंग नहीं करेगा मैक्सिमम लेंथ को बढ़ाने में काम नहीं आता वो और क्या करता है बस रिले करता है सिग्नल को क्या करता है रिले कर देगा और कॉपी भी नहीं करेगा रिजनरेट भी नहीं करेगा ये हो गया पैसिव हब कि इट इज बोलो हब जो है पैसिव हब, हब जो है वो एक्टिव हब का ऑपोजिट है अब हाँ आगे देखेंगे इंटेलिजेंट हब इंटेलिजेंट हब जो है वो एक्टिव हब से भी बेटर है इट इज यूज फॉर कनेक्शन सेम फर्स्ट वाल फर पॉइंट तो सभी के लिए सेम है These are the the the hubs that have their own power supply and also clean, relay दीज आर दब्स दैट है सिग्नलर्कम एज इट एक्टिव हब क्या करता है कि इसकी खुद की पावर सप्लाई होती है और वह क्लीन करता है बूस्ट करता है रिले कर देता है सिग्नल को so, same as it, active hub, they are used to extend the maximum distance between the nodes. Nodes के बीच की length को बढ़ाने के लिए भी काम आ सकता है intelligent hub. सिग्नल को बिट बाई बिट और रिजनरेट re कर देता है इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है दिव हब्स मैनेज नेटवर्क एंड पार्थ सिलेक्शन इंटरनेट हब क्या करता है कि नेटवर्क को मैनेज करता है और क्या करता है कि पाथ सिलेक्शन में वो हेल्प करता है बस पाथ सिलेक्शन देखता है कि कौन सा डाटा किस पाथ से भेजना है मुझे वो ये सब देखता है आप मान लो कि एक्टिव हब और पैसिव हब में क्या एक्टिव हब और इंटरनेट हब में क्या डिफरेंस है बाकी सब सेम है ओनली ये है कि एक्टिव हब क्या करता है मैनेज करता है नेटवर्क को और पाथ सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है पैसिव हब जो है, है, पास इलेक्शन के लिए जाना जाता है बस इन दोनों में ये डिफरेंस है थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो आज हमने हब टॉपिक कवर किया नेक्स्ट वीडियो में हम स्विच करेंगे ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपको जल्दी समझ आप भी वीडियो को देख के बोर ना हो इसलिए हम कम एक एक टॉपिक सिंगल सिंगल टॉपिक को डेली लेंगे ओके फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो जय हिंद जय भारत